जो सही लगता है वो करता हूँ जो नहीं लगता वो मर जाऊँ तो भी नहीं करता यही मेरा उसूल है ऐसे ही जीता जीने मरने की परवाह तो मैं वैसे भी नहीं करता उसूलों का बिल्कुल पक्का हो चाहे जो हो जाए और वो सच गए तो मार दूसरा